एक्सरसाइज 8.3 का सेवेंथ क्वेश्चन है ठीक है सिक्स तक हमने कर लिए तो सेवंथ क्वेश्चन कर रहे हैं हम इसके अंदर भी हम रिलेशंस यूज करेंगे लगभग सारे समय ही रिलेशंस यूज़ किए हैं और जो आगे जाके एक्सरसाइज 8.4 आएगी उसके अंदर भी कहीं ना कहीं पे ये रिलेशंस यूज़ होंगे या जो 8.2, पॉइंट टू के अंदर हमने फॉर्मूलाज यूज़ करे हैं वैल्यू करी है ठीक है वो भी किधर ना किधर हमें हमारी काम आएगी तो आराम से देखा करो सारी वीडियोस जिसने एक्सरसाइज एट टू का कोई सम नहीं देखा या उसकी इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा पहले जाके वो देख लो ठीक है उसके बाद ही एक्सरसाइज एट फोर जो बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा टफ लगती है ठीक है बहुत आसान से समझ में आएगी अगर आप एक्सरसाइज एट की इंट्रोडक्शन टू की इंट्रोडक्शन थ्री की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज को भी साथ में कर लो ठीक है तो फोर भी आसानी से समझ में आएगी क्योंकि कंटिन्यूली करने से हमारा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है ठीक है और कंसंट्रेशन बढ़ने से हम चीज़ को आसानी से कर, करते जाते हैं ठीक है तो एक्सरसाइज एट थ्री का लास्ट हम करते हैं उसके बाद ये हमारी कंप्लीट है एक्सरसाइज एट थ्री ठीक है प्रैक्टिस के लिए आप एग्जांपल्स भी कर सकते हो जरूरी होते हैं एग्जांपल्स भी एग्जांपल्स कर लिया करो ठीक है एग्जाम्पल्स में देख लिया करो कि क्या दिया गया है क्या नहीं दिया है ठीक है कोई दिक्कत आए तो बोल सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर तो करते हैं इसको एक्सप्लसाइव डिग्री 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेसोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री देखो जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जो हमें दी गई है साइन और कोस ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज दी गई है गिवन है हमें ठीक है तो इनको क्या शो करना है हमें कि ट्रिग्नोमेट्री रेशोज बेसिकली यही रहने चाहिए कि साइन और कोस ही रहना चाहिए कोई और tan, cot, secant ये नहीं आना चाहिए, जीरो और मतलब की जीरो और फोर्टी फाइव के बीच में कोई भी एंगल लेके आ सकते हो आप बट अब क्या है ये सिक्सटी सेवन डिग्री ना जीरो और फोर्टी फाइव के बीच आता ना सेवेंटी फाइव जीरो और फोर्टी फाइव के बीच आता ठीक है तो इसको कैसे ना कैसे करके चेंज करेंगे और इन दोनों ट्रिगनोमेट्री रेस को और कुछ नहीं चेंज करना बस साइन और कोस के जो पीछे वाले एंगल है उनको क्या करना है लेके ले आना ठीक है, है उनकी मेजरमेंट जीरो तो करेंगे इसको, देखते है, है? इसको करेंगे हम साइन को कोस में चेंज कर दो क्योंकि साइन कोस का कॉम्प्लीमेंट होता है या साइन कोस का इक्वल होता है कब जब साइन का एंगल कोस के एंगल के क्या हो कॉम्प्लीमेंट में हो ठीक है तो चेंज करेंगे इसको तो बिकॉज साइन थीटा क्या होता है Cos 90 डिग्री थीटा थीटा होता है एंड ये भी यूज करेंगे हम इज इक्वल टू किसके साइन को चेंज करते हैं sign को चेंज करेंगे तो क्या आएगा कोस 90 डिग्री माइनस सिक्सटी डिग्री और प्लस था तो प्लस लिखा कोस 75 था कोस 75 था तो कोस किस में चेंज होगा साइन में साइन तो आया 90 90 डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री डिग्री कौन सा 75 degree, तो 75 तो इधर लिखा उसके बाद cos 90 से में से 67 क्या करना था हमें साइन और कोस को जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें दिए गए हैं उसको हम बेसिकली क्या करना था कुछ भी ना चेंज करके बस उनके एंगल्स को जीरो और 45 के बीच में लेके आना था देखो ट्वेंटी है जो वो भी जीरो और 45 के बीच में है 15 डिग्री है वो भी जीरो और 45 के बीच में है ठीक है कोर्स और साइन कोई दिक्कत नहीं है पहले आया या बाद में आया ट्रिग्नोमेट्री रेशो सेम रखनी थी सेम ही है ठीक है पहले और बाद का कोई दिक्कत नहीं है तो जो हमें शो करना था सबको अच्छी तरह से पढ़ लो उसके बाद इस आंसर को देख लेना ठीक है आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या करना था सम में और मैंने ये चीजें क्यों की है ठीक है तो यही हमारा आंसर है क्योंकि हमें बस कोर्स और साइन के एंगल्स को जीरो और फोर्टी फाइव के बीच में शो करना था वो शो कर दिया देन एक्सरसाइज एट हमारी कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स ठीक है वीडियो अच्छी लगी होगी क्वेश्चन uh, भी आसानी से समझ में आए होंगे आपको ठीक है कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में बोल देना कुछ गलती होगी तो उसको सुधार लेंगे ठीक है कुछ कमी रह जाए तो एक्सरसाइज एट पॉइंट फोर या आगे जो बैच होंगे ठीक है या कोई और एक्सरसाइज करवाएंगे या कोई न्यू चैप्टर करवाएंगे तो उसके अंदर उस गलती को और सुधारने की कोशिश करेंगे ठीक है अच्छा करने की कोशिश करेंगे अच्छा स्टूडेंट्स बट आपका रिस्पॉन्स जरूरी है मिलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कर, करो कि ठीक है बेलाइकन को ऑन करना ताकि अपडेट्स मिलती रहे स्टूडेंट्स ठीक है सो थैंक यू स्टूडेंट्स ये था एक्सरसाइज एट